बात तो बाट तोहरा दीनवा गड़ी हाज बनल बाट तोहरा दीनवा कली बी गड़ी जैतन करबा मोर भैया तोरा आगा गू डन करबा मोर भैया तोरा आगा गू पूछी कहाँ के हूआ दिन आई केहू न पूछी कहाँ के हौ ऐसन एक दिन आई बाट मालक साथी पहुना सब कोई भाई भाई बाटमाल के साथी पहुना सब कोई भाई भाई कर चने का कमैया करल कू चने का कमैया जिमसुधरी करब मोरे भैया तोरा आगा गुधरी जैत कर मोरे भैया तोरा आगा गुजरी रावण जैसन वीरक देखो चल गईले अधेर में रावन जैसन बीरक देखो चल गईले अधेर में पाँच सौ भी चल गईले अपना अपना फेर में पाँच सौ दुरोधन भी चल गईले अपना अपना फेर में रहीना घुमानयक दिन रहीना घुमा दयाक दिन सब उतन सरब मोर भैया तोहरा आगा गोजी आज बनल बात तोहरा दिन कल बी गरी जाब मोर भैया तोहरा तो आग अगूदरी करब नो रे भैया तोहरा राम से सीख श्याम से सीख सीख ज्वाहर गांधी से राम से सीख श्याम से सीख सीख ज्वर गांधी से दिन से सीख रात से सीख सीख तूफान आंदी दिन से सीख रात से सीख सीख तूफान आंदीत समय पर न पहुँची गेहू सबू जड़ी जैसन भैया तोरा आग बनल बाटे तोरे दिन भार भी गली जैसन कर